कहते हैं खुदानी से जहा हमें सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया है किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कहती है खुदा ने से जहाँ